काका उपकार है हमारे दो खोए हुए सम्राट सुकेतु मुझे विश्वास था कि आप हमारी सहायता अवश्य करेंगे अंगत अंगत क्या हुआ ऐसे किसी काली शक्ति की बुरी नजर लगी है ऐसे हनुमान जिसने इसे शापित किया है उस शक्ति का नाम जानता हूं मैं शुर्पणखा? शोर मैं मैहान रावण की बहन शोर पड़खा स्वयं प्रभा की शक्तियाँ तुम्हारे मित्र अंगत को बचा सकती है जिसके लिए पहले स्वयं प्रभा को बचाना होगा हनुमान मेरी बात सुनो अगर हम रक्ष बिला जाएंगे तो न जाने कितना समय व्यर्थ हो जाएगा यानी या तो अंगत को बचाने के लिए रक्ष बिला जाकर हम राजकुमारी सीता को खोते या राजकुमारी सीता को समय पर बचाने के लिए आगे बढ़ते रहे और अंगद को खो दे क्या चुनोगे हनुमान स्वयं प्रभा असीम शक्तियों वाली योगिनी जो आज एक बंदीनी बनके रह गई रावण की बहन सूरपण ने इस योगिनी की करुणा का फायदा उठाया ना बंधक बन जिसके अंदर उजाला पले वो बाहर के अंधेरे से क्या डरे राम राम चलो मेरे साथ